हेलो एवरीवन दिस इज़ ज्योति वेलकम टू हियर यूज योर ब्रेन देखिए गाइस आज मैंने uh, अपना एक ये थोड़ा वॉलपेपर लगा रखा है सो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये फ्रंट वॉलपेपर कैसे लग रहा है और ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है वेलकम यूज़ योर ब्रेन करके मेरे चैनल का नाम है ठीक है और आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए सो so, आज के हम इस स्टूडियो में क्या करेंगे आपको पता होगा कि मैंने इससे एक वीडियो पहले बनाई थी ग्रेविटेशनल वाली कैपिटल जी के बारे में ठीक है और आज के हम इस स्टूडियो में पढ़ेंगे वारे स्मॉल जी के बारे में ठीक है उससे पहले मैं आगे जाऊं आपको एक बात बताना चाहती हूं बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल जी जो है वो अलग पर्सन ने डिस्कवर किया है और स्मॉल जी जो है वो अलग पर्सन ने डिस्कवर किया है नहीं दोनों ही जी जो हैं वो दोनों के दोनों जी की वैल्यू यानी कि कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू तो सर आजक न्यूटन ने ही की है ठीक है आप यहाँ पर देख पा रहे हो इजिली Uh, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ बिकॉज़ ये आप देख पा रहे हो ये सर एज न्यूटन है ठीक है और आप अगर आपको और भी अच्छे से देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आप आपने चैनल पर जाइ उसमें ग्रेविटेशन करके लिखा हुआ है द न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन करके उसमें जाएंगे तो आपको सर आइज़िक न्यूटन की फ़ोटो भी मिल जाएगी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है परे जी को यानी कि कैपिटल जी को और उसी तरीके से ये तो आज के स्वीडियो में मैं केवल सर आइज़िक न्यूटन का है, मैंने एक ही फ़ोटो लिया बिकॉज आपको बता दिया था मैंने और हम किसी की फोटो देख लेते तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना तो देखिए सर आइजक न्यूटन है जो अभी अपने लैब में बैठे हुए हैं ठीक आप देख सकते हो यूकन ईजली ठीक है आप इसको देखिए और उसके बाद ये बताना था आपको So, आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ये जो है ये हमारी अर्थ माता धरती माता धरती माता है और ये जो है हमारे मून है मून कौन है हमारे मून है ये मून है ये, ये हमारे मून है ठीक है और ये अर्थ है अर्थ और मून ठीक है आपको इस इस इमेज में क्लियर दिख रहा होगा मैनू uh, ज्वाइन करने दो जूम uh, कर लेती हूँ मैं ठीक है ओके इज इट क्लियर राइट इस वीडियो में आपको और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सो so, प्लीज़ आप सब लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी मेहनत को आगे आए हमारी मेहनत उस चीज़ में प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा थोड़ा सा आप लाइक करेंगे तो थोड़ा मोटिवेट मिलेगा और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने टारगेट रखा था 50 का तो आज क्या हम इस वीडियो में भी लाइक का टारगेट रखेंगे 50 बस ओनली 50 चाहिए मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए ओके सो तो एजुअली ये सन है हमारा और ये अर्थ और ये मून देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा सी लाइट हो गई है वैसे तो बट सॉरी आधे से ये आप यहाँ इसलिए देख पा रहे हो, राइट So, आप यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे कि तो अभी मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ बिकॉज हम जो जो यहाँ पर हम अपना जो स्मॉल जी हम पढ़ने वाले हैं वो वो प्लानिट्स के उसमें आता है यानी कि हम जब भी स्मॉल जी की बात करेंगे ना तब हम कोई भी स्पेशल प्लान, प्लानिट होगा वो ठीक है हम स्पेशल प्लानिट की बात करेंगे और हमने जब बड़े जी की बात करी थी यानी कि कैपिटल जी की बात करी थी तो उसमें हम ऑल ऑफ थिंग्स हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स उसमें भी भी आ जाएगा। भी आ जाएगा जाएगा उसमें ऑब्जेक्ट हाइब्रिड एवरी चीज ठीक है एवरीथिंग और कैपिटल जी के बारे में हम ओनली वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे प्लानिट्स के यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम में होगी उसी उसी आ, से ही हम स्मॉल जी से पढ़ेंगे ठीक है मतलब हमें थोड़ा पता चल जाएगा कि प्लान के बारे में कहाँ बात हो रही है और ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहाँ बात हो रही है सो so, नॉर्मली अगर आपको कभी भी कोई भी प्लानट का दिखे आपको आपके न्यूमारिकल में तो आप कैपिटल जी सॉरी स्मॉल जी का यूज़ करोगे और कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्ट्स uh, का करें तो आप उसमें कैपिटल जी का फॉर्मूला लगाओगे आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे ये देखिए आप आपके सामने मैं लेकर आई हूँ ये स्मॉल जी की जो फॉर्मूला है वो यही है ठीक है दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नॉर्मली जो कैपिटल जो कैपिटल जी है ना सॉरी ठीक ठीक ठीक ठीक है है है है है है है है है है है उसका उसका क्या क्या होता होता F G G G M1 M2 स्क्वायर और और अब इसमें देखो। इसमें क्या है? इसमें G है, ये देखो है, है है, ये देखो देखो ये ये ये M यानी यानी कि कि थोड़ा बहुत सेम ही है, है यहाँ पर है ना सेम ही है अरे लगा पर थोड़ा कर लेते। सेम ही है। so, आपको थोड़ा देखना है बट यहाँ पर कोई नहीं यहाँ पर मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ सन और आपको एक एडवांस नॉलेज दूंगी मैं आपको जब हम लिखते हैं मास ऑफ अर्थ करके तो उसका सिंबल कैसे डिनोट करेंगे तो उसका सिंबल मैं आपको बता देती हूँ सिंबल हम डिनोट करते हैं एम ई से और ई जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया बल्कि इतना बड़ा नहीं बनता है उसको हम हम हम और मतलब के थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इस तरीके से आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ठीक ठीक है है है लिखेंगे लिखेंगे बस जहां वहां लगा देंगे तो छोटा कैपिटल एम बना देंगे सॉरी स्मॉल एम बना देंगे ओके? आई होप आपको क्लियर है ठीक है आप बोर्ड इरेज कर देते हैं ठीक है और आप हम यहाँ पर देख लेते हैं अब देखें यहाँ पर दो ग्रेविटी बता दी गई है एक ही स्मॉल ग्रेविटी जिसे हम प्लानट में यूज करते हैं तो पहले वो मेरा पिक्चर दिखाने का आ, बस यही आ, जो मेरा मकसद था वो यही था कि आपको बता दूं पहले से कि क्या होने वाला है वीडियो में ठीक है so, सो इस स्मॉल जी को हम प्लान के लिए यूज करते हैं प्लानिट्स के लिए यूज करते हैं ठीक है ठीक है प्लानिट्स के लिए यूज करते हैं और जो कैपिटल जी है इसको हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी कि प्लान के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ओके okay? सॉरी uh, समझ में आया आपको और जो ये एम है ना इसको तो हम नॉर्मली मास होगा ठीक है और r स्क वही डिस्टेंस की सपोज हमारा r मैं आपको एक स्लाइड में लेकर चलती हूँ काम करती हूँ ये बहुत ज्यादा ये ये ये देखिए आपको आपको आपको स्क्रीन के सामने एक स्लाइड स्लाइड दिख रही होगी ठीक हाँ, हाँ, है मुझे पता है है है पता पता मुझे कि मैंने पहले भी दिखा चुकी सो so, हालांकि जैसे जो हमारा फॉर्मूला था वो जी फिजिकल टू जी, वन, जी हमारा बनेगा ये ध्यान रखना कि कैपिटल r है कि स्मॉल आरके ठीक है करके, ठीक है ये है हमारा फॉर्मूला ठीक है सो आप देखिए जो कि हमारी सन से और अर्थ से जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को हम लिखते हैं इसी डिस्टेंस को हम लिखते हैं सो so, इसी जो जी का ये जो अर्थ से और सन्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं अंडरस्टैंड और यहाँ पर ऑब्वियसली हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे ये ये रहा ठीक है और जो ये मून अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है वो हम देखेंगे okay, so, मतलब देखे, आपके लिए लेकर आई हूँ सो so, ये देखिए ये है हमारा मून दिस इजर मून ठीक है ये पोल है हमारा पोलो यहाँ पर दिख रहा होगा Pull pull pull of of of the the the moon moon and earth and earth each other normally gravity to change path आपको एक चीज नोट करने वाली बात है जो मून अर्थ के ये gravity बाई gravity ठीक है ग्रेविटी के वजह से ग्रेविटी देखो ग्रेविटेशनल अलग है और ग्रेविटी अलग है बस इनके बीच में अभी आपको डिस्टेंस डिफरेंस समझना बाकी है देखो ये मून है ठीक है ये ऐसे-ऐसे मूव मूव कर कर बिकॉज इसके इसके जो ये जो ऑबिट है इसमें पाथ लग रही है एक पुलिंग हो रही है जो एक फोर्स लग रहा है इसमें वो है इधर को जा भाई। इधर को को भाई ठीक है इधर को थोड़ा बहुत क्लियर कर देते ये देखिए अब मैं आपको इसका सेंटर बताती हूँ मून का देखिये मून का सेंटर ये हो गया हमारा ठीक है और अर्थ का सेंटर हम ये बीच का ही मान लेते हैं ठीक है और नॉर्मली हमें बीच का ही मानते हैं ओहो हो बहुत ज्यादा हो गया गए तो ठीक है मून का हम ये मान लेते और अर्थ का हम ये मान लेते हैं ठीक है और ग्रेजुअली ये दोनों इसकी डिस्टेंस है ठीक है का का समझ में आया आपको का वो जो r था ये हुआ ठीक है उसके बाद जो इनके बीच में जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ये क्या है यही तो ग्रेविटी फोर्स है इसी की वजह से तो मून जो है वो अराउंड कर रहा है आप देखो सन जो होता है सन के अराउंड ऑल प्लान मूव करते हैं बिकॉज सन के पावर ग्रेविटी पावर ज्यादा है जैसे मैंने आपको बताया था वाली वीडियो में कि और कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट 6.67 मेरे आगे नहीं है है इसलिए मैं नीचे लिख देती हूं. 10 minus power 11 ठीक ये G की थी और small G G की की क्या है देखिए जो वैल्यू है वो 9.8 पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसमें हमें जैसे कि पता है किलोमीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर या आप लिख सकते हो इसमें किलोमीटर स्क्वायर ठीक है ये मैं आपको आपको बता चुकी और अभी अभी इसके बीच की डिफरेंस वीडियो भी, भी बनेगी so, आई होप इस पिक्चर से क्लियर होगा कि क्यों सारे जो सन है ठीक है और नॉर्मली जो सन है उसके अराउंड सारे Okay. Fine. Okay. I hope is it clear right and wrong. Mm -hmm. <laughs> oh, oh. ओके ओके, सो आप हम पढ़ लेते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़े से इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ने से क्या होगा, और भी ज्यादा डिफाइन हो जाएगा। देखिए ऑन फ्री फीलिंग बॉडी ड्यू अब एक एग्जांपल फ्री फॉलिंग का आपको एग्जांपल देती हूँ कोई चीज ऊपर से नीचे को हमने ड्रॉप करें तो क्या हमने उस पर फोर्स लगा रही क्यों नहीं ठीक है वो तो नीचे क्यों आएंगे बिकॉज जो हमारी अर्थ है ना धरती माता जो है हमारी अर्थ है, जो है ना अर्थ का जो ये सेंटर है ठीक है है है है ये ये ये ये जो जो सेंटर एक फोर्स लगा रहा इस वजह से बॉल नीचे को फॉरवर्ड डाउनवर्ड हो रही है आई होप इज इट क्लियर आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगा आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए में हाउ मेनी टाइम्स आर इन ठीक है ठीक है नेक्स्ट है आपका आप इस डिनोट स्मॉल जी जैसे आपको यहाँ दिख ही रहा है ये देखिए ये दिख रहा है ना आपको दिख रहा है ना ये दिख रहा है ये दिखे, दिख दिख दिख दिखे? स्मॉल जी स्मॉल जी कैपिटल होता है ठीक है स्मॉल जी डिनोट किया जाता है ये नोटिस करने वाली बात है जो कैपिटल है उसको कैपिटल लिखेंगे जो स्मॉल है उसको स्मॉल लिखेगा ठीक है अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं ठीक है यहाँ पर आप एक पॉइंट और बना के लिख सकते हैं जैसे कि एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना है आप लिख सकते हो इट्स वैल्यू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि मुझे उस पर डालो डालो डालू ठीक है आप इसको यहाँ पे फिक्स कर लीजिए ठीक है आप एक पॉइंट और इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि जो इसकी वैल्यू होती है ठीक है इसकी आ, आ, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है ये देखो नीचे तो सेकंड पर स्क्वायर यूनिट बता दी मैंने आपको यहाँ पर ठीक है ठीक है है और और आप पर कि होता अरे ऐसा नहीं है कि आप घर में हो तो अभी इसकी अलग हो हो हो तो तो अभी अभी इसकी अलग जाएगी बाहर इसका जाएगा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं। That's mean क्या है ना कि आ, क्या है आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्या है समझने के लिए एक एग्जाम्पल वीडियो भी आने आपकी बहुत जल्दी इसी चैनल पर एग्जांपल वीडियो भी आएंगी ठीक है सो तो यहाँ पर जैसे कि हम है ठीक है ये मैं बिल्डिंग ये हूँ और मैंने इस बॉल को थ्रो किया नीचे की तरफ ठीक है तो अब ये बॉल नीचे तो जा रही है बट कौन सा फोर्स लग रहा है ग्रेविटी कौन सा फोर्स लग रहा है भाई ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ग्रेविटी फोर्स लग रहा है क्योंकि तो अर्थ जो है ना ये इस बॉल को ठीक है इस बॉल को अपनी तरफ पुल कर रही है खींच रही है अपनी तरफ खींच रही है ठीक है इस वजह से जब ये आपस में फोर्स लगाएंगे तो चिपक ये। चिपक जाएंगे जाएंगे ठीक ठीक है है है है थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है? समझने वाली वाली बात बात क्या बस यहीं पर है कि बहुत सारे जो हैं वो जी और जी के बीच में फंस जाते हैं देती हूं। मैं आपको दिया जैसे कि यहाँ पर सॉरी मैं मैं आपको तो देती अच्छा आप आप देख सकते हैं ठीक है जैसे की जैसे मैंने आपको बताया की मैं इस बिल्डिंग पर हूँ तो तो से से आप देखो हो थ्रो किया ठीक है अब ये जितनी ही हाइट पर जाएगा ना उसी हाइट से नीचे भी आएगा ठीक है हालांकि ये ऐसे करके ऐसे नहीं आएगा हालांकि मेरे पास यहाँ ऐसे बताने के लिए था मैंने आपको ऐसे ही बताया राइट ठीक है so जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस हाइट पर ये मेरा बॉल जाएगा ना उसी हाइट पर ही नीचे भी आएगा इस इसका मन मर्जी नहीं है कि थोड़ा और ऊपर चले जाऊँ ऐसा ये नहीं कर सकता ठीक है आई होप इज इट टू ऑल क्लियर राइट अगर आपको इसमें और भी कुछ भी डाउट है तो आ, आप हो है। इस, आ, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि आपको किस चीज़ का डाउट है आप उसको तो लिख लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा और हाँ अगर आप कोई सजेक्शन देना चाहते हैं वीडियो की रिकॉर्डिंग तो आप सजेक्शन भी दे सकते हैं स्टे सेफ बी हैप्पी एंड बाय बाय